रामुना का हो जय जय बटो चीरे मनावा लटकमो कोटे जस सी से मनावा लटकमो कोटे जस सी से मनावा

sap ma pare bina e ma ore gar kare ra pare bina e ma ore he re jaya se santa ore sa ta se

पाल आय गन काल देखन पाया बोले रे आय आ प्रति पाल आय सुकुल देखन पाया कुने मेरे आय आनन दे सकल पर

श्री राधे तोरे रे तोरे से कराओ दोए जान से गोदरी राधे हो तोरे राधे श्याम मोहन मन मय सुर नर मुनि सब रे जय नाम रामा बार बार बार भजन गाए तोरे